नमस्कार किसान भाइयों एक नए वीडियो में आपका फिर से स्वागत है आप देखिए ये, ये हमारी धान फेंक चुकी है खेत में फेंक रहे हैं धान फेंकने में करीब छ छः किलो बी के करीब फिटती है ये रहा अपना छः बगल का बीज जो हमें कम मिक्सिंग क्वालिटी प्रोवाइड करता है ये देखिए ये ट्रैक्टर धान को धापता अभी डालेंगे ये जो दब गई है धान देखिए वहाँ पानी चल रहा है अपना तो लेबर फेंक रही है धान चलो आपको एक राउंड मार के दिखाते हैं कैसे धरती है धान अगर हमारे वीडियो पर नए हैं तो प्लीज़ डू सब्सक्राइब एंड बेल बेलाइकन दबाइए और हमारी धान की नई पद्धति से जो हम धान कर रहे हैं उसको देखिए फिर आप भी लोग प्रयोग कीजिए धन्यवाद